जब सेकेंड ही प्राइज एक करोड़ है तो फर्स्ट प्राइज क्या होगा पता नहीं आज तो, तो मैं जीता ही नहीं <laughs>